आदिवासी बाहुली ढिंडौरी जिले में दो करोड़ रुपए का छात्रवृत्ति घोटाला उजागर हुआ है घोटाले का आरोप ढिंडौरी में पदस्थ तत्कालीन आदिवासी सहायक आयुक्त अमर सिंह उइके पर है कलेक्टर ने इस मामले की जांच के आदेश दिए हैं ढिंडौरी जिले में दो करोड़ रुपए का छात्रवृत्ति घोटाला सामने आया है मामले को संज्ञान में लेते हुए ढिंडौरी कलेक्टर विकास मिश्रा ने जनजातीय विभाग के कमिश्नर को पत्र लिख कर करने को कहा है जिसके बाद जनजातीय विभाग में हड़कंप मचा हुआ है वर्ष 2019 से 2021 तक अमर सिंह हजार इक्कीस आदिवासी सहायक आयुक्त के पद पर पदस्थ थे और उनके कार्यकाल के दौरान ही इस घोटाले को अंजाम दिया गया है खास बात यह है कि जब अमर सिंह उइ के आदिवासी सहायक आयुक्त बने उस वक्त प्रदेश में कमलनाथ सरकार थी और आदिवासी विकास विभाग के कैबिनेट मंत्री ढिंडोरी विधायक ओमकार मरकाम थे हमने जो हमारा ट uh, है इसका ट्रैवल डिपार्टमेंट का प्रस्ताव भेज दिया विस्तृत जांच के लिए पूर्व कैबिनेट मंत्री के ग्रह जिले में आदिवासी छात्र छात्राओं की छात्रवृत्ति घोटाले को लेकर बीजेपी जिलाध्यक्ष अध्यक्ष अवधराज बिलैया ने कांग्रेस आरोप जमकर निशाना साधा है तो वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री ओमकार मरकाम मामले में सफाई देते हुए खुद को पाक साफ बता रहे हैं मरकाम ने खुद पर एवं तत्कालीन कांग्रेस सरकार पर लग रहे आरोपों को बेबुनियाद बताया है दो और इक्कीस में ये जो घोटाला हुआ है अब दो और इक्कीस में तो आ, हमारी सरकार है नहीं तो ये वर्तमान समय में जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ वो मुख्य बात ये है कि छात्रवृत्ति का विषय हो चाहे बच्चों की गड़वेश का अब ये गड़वेश को भी अगर आप लोग कहेंगे कि भाई आ, हमारी सरकार तो गड़वेश सभी इक्कीस और 22 और बाईस और तेईस में जो अभी गड़वेश का है गड़वेश अभी भी नहीं मिला है आप जा के पूछ लीजिए छात्र छात्राओं को तो ये बहुत सरकार की लापरवाही है देखिए कांग्रेस को जब भी समय मिलता और उनका एक ही काम है भ्रष्टाचार मैं वो भ्रष्टाचार युक्त हो जाते हैं और जब तत्कालीन 18 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी थी और हमारे डंडोरी के विधायक ओमकार मरकाम जी आदिम जाति कल्याण विभाग के मंत्री थे उनकी नाक के नीचे उनके ही विभाग में डंडोरी में तत्कालीन सहायक आयुक्त तो। अमर सिंह उइके के द्वारा एक बड़ा स्कैम किया गया जिसमें छात कि छात्राओं की छात्रवृत्ति का बड़ा घोटाला सामने आया था जिसकी जांच अभी वर्तमान कलेक्टर ने प्रदेश सरकार को लिख के भेजा और हम सब भी प्रदेश नेतृत्व को अवगत करा रहे हैं कि इस तरह के जो भ्रष्टाचार हुआ दोषियों पर कार्रवाई की जाए वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है हर आम और खास से जुड़े मसले हर मसले का